हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वार्षिक माधवपुर मेले का उद्घाटन किया गुजरात का माधवपुर मेला 10 से 14 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगा

यह मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का अनूठा उत्सव है यह देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों की संस्कृतियों का समामेलन है इस साल माधवपुर मेले में शामिल होगा उत्तर पूर्व ऐसी लोक सांस्कृतिक प्रदर्शन रुकमिनी हरण क्षेत्र के एक लोकप्रिय लोक नाट्य का प्रदर्शन मणिपुर की संगीत मंडली द्वारा रुकमिनी ऐसी जुड़े गीतों का गायन रुकमिनी कृष्ण आरोप आधारित नृत्य नाटक

अरुणाचल के इदू मिश्मी जनजाति का लोक नृत्य गौरतलब है कि यह सांस्कृतिक मेला हर साल रामनवमी से शुरू होता है माधवपुर मेला

यह उत्सव आमतौर पर पाँच दिनों तक जारी रहता है मेला पोरबंदर से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में माधवपुर के तटीय गांव में आयोजित किया जाता है यह रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण के विवाह का जश्न मनाता है भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर एक रंगीन रथ गांव की परिक्रमा करती है यह भगवान कृष्ण और रुकमिनी की यात्रा के खूबसूरत क्षणों का जश्न मनाती है